फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो के पर तो भाई लोग मेरे एक ट्रेडू मुझे कह रहा था कि भाई तूने तो फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर में कन्वर्ट कर लिया तो मैं कैसे कर सकता हूँ तो मुझे बंदे मैक्स तो मेरा यूट्यूब का लिंक दे दिया तो मैंने कहा कि तो मैंने उसको कहा कि तुम लोग तुम जो है सब्सक्राइब कर दो मैं यूट्यूब को तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा तो तुम लोग देख लेना तो आप लोग क्या कर रहे हो सब्सक्राइब करो लाइक करो और आपने को शेयर कर दो तो चलो और कर लेना शुरू करना से पहले तो शुरू कर दी है तो भाई मैं अभी मेरा के लॉबी में आ चुका हूँ और बीज बार मैक्सपुर फ्रीवार में कन्वर्ट करने वाले हैं और मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ तो पहले आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा करना कर पड़ेगा यहाँ पर आपको सेटिंग ऑन करना पड़ेगा और नीचे कॉर्नर में जहाँ पर फ्री पर मैक्सोल का एक ऑप्शन है उसको आप लोगों को बताना तो हाँ है और वहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे जो सेटिंग थे ऑन और ऑफ है कितने सारे ओर सब मैंने ऑफ कर रखा है मैंने फ्री फायर पर जब कन्वर्ट कर रखा है तो आप लोग फ्री फायर से फ्री फायर मैक्स से जब फ्री फायर पर कन्वर्ट करोगे तब लोग इसको सब ऑफ करना पड़ेगा और आप लोग जब मैक्स करना पड़ेगा तो ऐप सब ऑन कर सकें ऐसे ऐसे सब ऑन कर लोगे तो ऐसे ऑन करने के बाद क्या ऊपर ऊपर ऊपर के के साइड में पर एरो है वो दबा कर कर लेना फिर खुद हो जाएगा वीडियो देखते हो कर, लेकिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं करते से तब भी शेयर करते हो, में ना। तो हमारे इंडिया है और ये आने वाला है दो तरीके के अंदर या फिर दो तरीके के बाद में आने वाला है आपको देखने मिलेगा ये जो स्किन है एक छोटे तो से अपडेट के बाद और आपको तो पता ही है है कि जो हमारे गेम फ्लिपायर फीचर लॉन्च हो पाया है। कि कि इंडिया दिखेंगे तो आप इसका एक लुक देख सकते है अब बहुत ओपी वाला है भाई आप देख सकते हो इसका एनिमेशन है। देखो यार इसके इमोट बहुत रेयर है देखो देखो ए देखो ये इमोट कैसा लग रहा है यार बहुत अच्छा आप लोगों का कितना डायमंड वेस्ट करने का फैसला है जरूर कमेंट में बताएं लेक तो भाई मैं यहां पे मेरे गेम चल रहा था मैं आ चुका हूं तो आप लोग का कमेंट में आप कनेक्ट कर सकते हो जुड़ने के लिए आप ना कर पहले जाना है यहां पर फर्स्ट कस्टम रूम में कस्टम रूम का बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं बेटा का कैप हाँ, तो रिप्लाई का मैसेज आएगा एक और मैसेज आना है या वैसे फ्रेंड्स बताना है आपका आपका किसी भी एक फ्रेंड को आप लोगों को चूज करना है उसके बाद लोग है हाँ। लोग तो कर सकते हो, इमोट्स कलेक्टर में चेंज कर सकते हो जो है वो चेंज कर सकते हो सब चेंज कर सकते हो म्यूजिक अदर्स सब लोग सब कुछ चेंज कर सकते हो कितना कितना आसान है और ऐसे ही कर लेना चाहे मस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना